शिवराज सरकार में गायों के दुर्दशा हो रही है नगर निगम और पशुपालन विभाग के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जीवदया गौशाला से एक साल में दो गाय गायब हो गई हैं गौशाला में जनवरी 2022 में 1961 गाय थी जबकि नगर निगम ने साल भर में यहां दो गाय भेजी थी इस हिसाब से गौशाला में चार गाय होनी चाहिए थी लेकिन दो गायों का पता ही नहीं है गाय के नाम पर त्राहीमाम त्राही करने वाली इन सरकारों को क्या कभी राजनीति करने के अलावा गायों की परवाह हो पाएगी गौशाला तो बना दी जाती हैं, लेकिन उन गौशालाओं की कोई खैर खबर नहीं ली जाती भोपाल की सबसे बड़ी गौशाला जीवदया गौशाला में गायों का हाल कुछ इस प्रकार है की जहाँ गाय पानी पीती है उस टंकी में कीड़े और काय भरी हुई है गौशाला में ही जगह जगह पानी भरा हुआ था जहां गाय रहती हैं उस ओपन बाड़े में गोबर का एक एक फीट का कीचड़ भरा हुआ है गौशाला में जनवरी 2022 में 1961 गाय थी लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नगर निगम के दो गाय साल भर भेजने के बावजूद भी 2131 गायों का कोई पता ही नहीं चल पा रहा और न जाने लापरवाह शासन प्रशासन की नींद कब खुलेगी और गायों की सच में रक्षा हो पाएगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें